Change you know what I mean right वो मिलेगा, बन जाएगा सेलिब्रेटी पैरों में सितारे होंगे ट्रीम पूरे सारे होंगे क्या ही बोलू भाई साब अलगी नजारे होंगे स्टाइल वाली लाइफ shugar fais pas ma fikren sari hogi ab in the air